तेरे हुस्न को हिंदुस्तान बना देंगे तेरे हुस्न को हिंदुस्तान बना देंगे तेरे पतली कमर को पाकिस्तान बना देंगे ये लड़की आर्मी लवर्स मत भिड़ना नहीं तो तेरे जो जवानी को 160 मीटर के मैदान बना देंगे